क्या आपको मालूम है साउथ अफ्रीका की बोथसवाना सरकार को दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला है यही नहीं अफ्रीका में इस हीरे से पहले दो हीरो की और खुदाई हो चुकी है लेकिन यह हीरा उन हीरो में सबसे बड़ा और तीसरा हीरा है यह हीरा उस सरकार को कोर्ना में काफी राहत देगा ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें धन्यवाद